हेलो दोस्तों मैं आद्या दुबे आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं रक्षाबंधन आने वाला है वास्तव में रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित त्यौहार है रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह और उल्लास का पर्व माना जाता है इस बार हम रक्षाबंधन बाईस अगस्त को मनाने जा रहे हैं भारत के प्रमुख पर्वों में से राखी भी एक प्रमुख त्यौहार है यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिस दिन बहनों का अत्यधिक महत्व होता है देश के हर क्षेत्र में यह त्योहार मनाया जाता है लेकिन इसको मनाने का तरीका उसका नाम अलग अलग हो सकते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन मनाने की कई अलग कहानियां हैं। टोड़े से भी ना टूटे ये एक ऐसा मनोबंधन है को सारी जिए चलिए तो कहानिया सुनते हैं कहानी भविष्य प्राण में बताई गई है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती की रक्षा के लिए देवताओं और राक्षसों में 12 साल तक युद्ध चला तो भी देवता जीत नहीं पाए सब देवताओं के गुरु गृहपति जी ने इंद्र की पत्नी को सावन चुट्टी की पूर्णिमा के दिन पर रक्षा सूत्र बनाने के लिए कहा इंद्रानी ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिने तलाई पर बांधा और फिर देवताओं ने राक्षसों को पराजित कर विजय हासिल की अब अगली कथा सुनाती हूँ वामन अवतार की एक बार भगवान विष्णु राक्षसों के राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि से वरदान मांगने के लिए कहा तब बलि ने उनसे पाताल लोक में चलने का वरदान मांगा भगवान विष्णु के चले जाने के कारण माता लक्ष्मी और सभी देवता बहुत चिंतित हो गए तब माता लक्ष्मी ने शरीर स्त्री के बीच में पाताल लोक जाकर बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को बाहर से वापस ले जाने का वचन मांगा उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी तभी से रक्षाबंधन मनाया जाता है अब अगली कथा धोपसी और श्री कृष्ण जी की है महाभारत काल में श्री और धोपी को भाई बहन माना जाता है पौराणिक तो मान्यताओं के अनुसार शुभाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण की सर्जनी उंगली कट गई थी तब धोपसी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पे हट्टी मारी उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी कृष्ण ने एक भाई का हुए के समय की की की रक्षा थी। तभी से रक्षावंदन शुरुआत हुई, ऐसा माना अब अगली कथा बादशाह हुमायूं और कर्मावती की रक्षावंदन पर बादशाह हुमायूं और कर्मावती की कथा बहुत याद की जाती है कहा जाता है कि राणा सांगा की विधवा पत्नी परमावती ने हुमायूं को राखी भेजकर कर चित्तौड़ की रक्षा करने का वचन मांगा हुमायूं ने भाई का धर्म निभाते हुए पर अभी आक्रमण नहीं किया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए बहादुर शाह भी युद्ध किया अब अगली कथा सिकंदर और गुरु के बारे में बताती है इतिहास के अनुसार राजा को की पत्नी ने राखी बदली कर एक बार युद्ध के दौरान सिकंदर ने पर हमला किया तो वह रक्षा सूत्र देखकर उसे अपना दिया हुआ वचन याद आया। और उसने पूरा शुरू नहीं किया ये भी बोला जाता है कि तभी से रक्षाबंधन शुरू हुआ अब आखिरी किस्सा और सी लीजिए आधुनिक इतिहास में भी इसका उदाहरण मिलता है जब नोवल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल विभाजन के बाद हिंदुओं और मुस्लिम से एकजुट होने का आग्रह किया था और दोनों समुदायों से एक ही का ललकर रक्षा चित्र बांधने का निवेदन किया था उत्तर भारत में जहाँ बजरी पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है वही पश्चिमी भारत में ऐसे नारियल पूर्णिमा कहते हैं इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बहन द्वारा भाई को रिक्षा रूप बांधने का यह चलन कब से शुरू हुआ यह तो पक्का नहीं कहा जा सकता लेकिन इतिहास में रक्षाबंधन का जिक्र जरूर मिलता है हिंदू धर्म में यह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है इस दिन बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करती है रक्षाबंधन अच्छा का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है भाई अच्छा रक्षाबंधन आ रहा है जिसके लिए बहनें अपनी तैयारियों में जुट गई है आज यह त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हर भारतवासी को इस त्यौहार से गर्व है लेकिन भारत में जहाँ बहनों के लिए इस विशेष पर्व को मनाया जाता है वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई की बहनों को गर्व में ही मार देते हैं आज कई भाइयों की कलाई पर इसलिए राखी नहीं बन पाती क्योंकि उनकी बहनों को उनके माता पिता ने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया यह बहुत ही शर्मनाक बात है जिस देश में कन्या पूजन का विधान शास्त्रों में है तो वही कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं यह त्योहार हमें यह भी ध्यान दिलाता है कि बहनें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं अगर हमने कन्या भ्रूण हत्या पर जल्द ही काबू नहीं पाया तो मुमकिन है एक दिन देश में लहंगा अनुपात और तेजी से घटेगा और सामाजिक असंतुलन भी इस नए नए कपड़े पहनते हैं सभी का मन हसी और खुशी से भरा रहता है बहने अपने भाइयों के लिए खरीदारी करती हैं, तो भाई अपने बहनों के लिए कपड़े खरीदते हैं और उन्हें देते हैं कृपया तो पैसा कुछ ना चाहूँ बोले मेरी राखी है से मिले भैया का का बस इतना ही बहन का। का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता वो चाहे दूर भी हो तो भी धम नहीं होता अक्सर रिश्ते दूरी होते पीके पड़ जाते हैं फिर भी भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं